हम्म mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. बोल बजरंग बली की जय हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल ममता खंडी और आज का ब्लॉग स्पेशल ब्लॉग है शिमला स्पेशल ब्लॉग आज हम शिमला के फेमस मंदिर जाखू मंदिर जहाँ हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति है वहां पर गए हैं और आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए जाने के लिए आधा रास्ता हमने तय कर लिया है बस बोझिए आधा और लेकिन देखिए यहाँ पर चढ़ाई कैसी है इस पर तो चला ही नहीं जा रहा है हम लोग सीने का साथ ले रहे हैं और माँ पी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आई क्योंकि पूरी सांस फूल चुकी है और ये देखिए जंगल हो भी जंगल है उससे रोड जाती है और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं ओह आप कितना थक चुके हैं आते हुए तो बाकी बाकी ये हमारे पावे थक चुके हैं लोग रहे देखिए बेचारे आधे आ ही नहीं पा रहे रुक रुके हम रुके तो नहीं क्योंकि हमें वापस तो इसके टाइमिंग है ना, एक टाइम पे बंद हो जाता है 6 बजे है न पाँच ही 6 बजे बंद हो जाता है तो ऐसा ना हो हम वहाँ पहुँचे और अभी वहाँ बंद हो जाए इसलिए आधे टाइम रेस्ट करेंगे अभी चलते जाते कहाँ कहाँ कहा से कितने नज़दीक पहुँच रहे हैं दूर दूर हो ऐसे मुझे मुझे क्या ने नॉर्मल भाई गाइस सोचते में कुछ भी गया। कैसे कैसे मिल जाते किस लोग यहाँ पे बैठे हैं <laughs> वैसे बिना रेस्ट करे कंटिन्यूस चल रहे हैं इतनी चढ़ाई और सीढ़ियों में आस्था है कई हम मंदिर पहुंचने वाले हैं और ये बस थोड़ा ही बजिया है और वहां से हमें यहां से हमें मंदिर दिखाई तो दे रहे हैं अभी काफी आपको कीजिए कब है है है हाँ ऐसी बहुत बहुत दूर है वैसे बहुत दूर है हाँ लगी जाएगा फोन भी फोन के कौन बंदर हाँ। के? अरे ऐसे बंदर छीन छीन लेते हैं हैं। और कुछ नहीं है। फोन ले रहे भा कैसे बनाया जाए आगे बंदर हाँ देखेंगे बाद में पहुँच गए थोड़ा है चलना आधे में बंदर बोल रहे थे कि बंदर फोन ये देखो फोन छीन ले रहे हैं तो इसलिए हमने ज़्यादा हनुमान जी की मूर्ति अरे ये रे जो सुकून और शांति मिलेगी आपको यहाँ आ करके क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से लोग आए हुए हैं देखने के लिए और यहाँ की खूबसूरती को निहानी यहाँ देखिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हरियाली ना दिखे जहाँ पर भी जगह दिख रही है इन लोगों ने बहुत अच्छा करना खेती फूल लगाने फूल ज्यादा शिमला एड्रैस उस फोटो खिंच प्रसाद है ये हनुमान जी का जो अंदर पंडित जी थोड़ा दिए है अंदर फोटो खींचना मना था तो नहीं बना पाई देखिए देखिए हनुमान जी बोल बजरंग बली की एक अंकल का चश्मा ले लिया है तो देखो उसको हाथ में उगड़ के, के ले गया फोन छीन रहा है ये पता नहीं क्या करेगा अब इस चश्मे का वो अंकल जी परेशान मेरा चश्मा गार तो है, है। तुम बैग उ डालो यार हमने स्केल कर दिया है कि हम बंदर चश्मा छीना गई जब उसको चने दिए तो उसने चश्मा छोड़ दिया देखिए कहीं मेरा फोन चुका गई अब हमने ऊपर देख के हम नीचे आ गए हैं क्योंकि हमने और जी कभी घूमने आया नीचे इसलिए हम कैस किया और छोड़ दिया ऐसे फोन फोन भी भी हो कर रहा जब आए तो इस बात ध्यान ध्यान रखें कि और को सेफली आ, भाई लिफ्ट की तरफ जाना क्योंकि जान कुछ भी कर सकते में मिल जाएगा कुछ कुछ ना ये था हमारा यहाँ का शिमला मंडी झारखंड मंदिर का जहाँ शाम के टाइम और होना चाहिए इस ब्लॉग का पे एंड करते हैं स्वस्थ रहें मस्त रहें देखते रहें मेरा ब्लॉग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज